Hey guys, नमस्कार आप लोगों का क्लासेस के प्यारे से YouTube स्वागत है आज लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा अच्छा 10 की गणित की प्रश्नावली 8.1 की बात करेंगे प्यारे बच्चों यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं भैया प्रश्नौली आठ एक को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों जो इसकी बेसिक चीजें बताई गई थी यदि आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आपको लिंक दिखाई पड़ रहा होगा प्यार बच्चों आइए हम उसको हल करते हैं पहला सवाल कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका को अर्थात कोई एक ट्रेंगल है त्रिभुज एबीसी है उसका नाम ये देखिए पहले हम आकृति बना लेते हैं प्यारे बच्चों ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी जिसका जो बी है वो समकोण है आगे क्या कर रहा है ए बी बराबर 24 ए बी यानी ए बी भूजा जो है वो 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी भूजा है प्यारे बच्चों वो सात सेंटीमीटर है ध्यान से देखिएगा निम्नलिखित का मान ज्ञात करना सबसे पहला प्रश्न ज्ञात करना है साइन ए कामा कॉस ए साइन ए कॉमा कॉस ए और इसी में सेकंड प्रश्न पूछा है साइन सी कामा कॉस सी ठीक बच्चों ध्यान से देखिएगा अब अगर आपने बेसिक वीडियो देखा होगा तो हमने आपको यह चीज जरूर बताया होगा कि किसी भी के छह अनुपात की जो वैल्यू ज्ञात करनी रहती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों। आइए, अभी हम इसको तो ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ये जो अधूरी भूजा वचा है इसको अर्थात सबसे पहले एसी ज्ञात करते हैं फिर उसके बाद हम सब निकालेंगे तो ऐसी ज्ञात करने के लिए पैर बच्चो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है इसलिए हम लोग यहां पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें एसी का वर्ग बराबर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग तो शेष दो भुजाएं कौन है एक ए बी है और एक क्या है बीसी है आइए सबकी वैल्यू रखते हैं हम लोग अब बताओ एपी की वैल्यू कितनी है चौबीस है इसका वर्क कर दिए और बीसी कितना है सात है तो इसका वर्ग कर दिए चौबीस का वर्ग करोगे आप लोग तो पांच आएगा उसका वर्ग करोगे तो उनचास आएगा जोड़ देंगे तो 625 आएगा अब ये आया ए का वर्ग अब आपको एसी चाहिए तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट से बाहर आएगा अर्थात इसका लेंगे कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर यानी जो बड़ी भोजा है वो बड़ी भोजा कितनी है 25 सेंटीमीटर क्या अभी तक किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों अब सबसे पहले फर्स्ट सवाल को हम लोग हल करेंगे साइन ए देख पा रहे हैं ए मतलब जो एंगल है वो ए पे क्रिएट है इस समय जो चाप लगा है वो ए पे है ठीक तो अब जब यहां पर एंगल लग गया यहाँ पर चाप लग गया प्यारे बच्चों तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब का कार्य करने लगती है किसका काम करती है प्यारे बच्चों लंब का बड़ी भूजा बदलने वाली नहीं अब जो ये वाली भूजा है ये वाली भुजा प्यारे बच्चों इस समय आधार का, का काम कर रही है किसका काम कर रही है आधार अब ध्यान दीजिएगा जब साइन ए निकालना है तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़ लंब बटे कड़ तो लंब बटे कड़ चलिए अब देखिए यहां कोर के सामने वाली भुजा क्या है लंब है और कर्ण कौन है बड़ी भुजा पच्चीस ठीक अब इसी के जैसा cos A ज्ञात करना है तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण अब आधार कौन है ये देखिए ये भुजा बता रहा है आधार आधार कितना है 24 है कर्ण तो बदलेगा नहीं कर्ण वही है आपका 25 पच्चीस तो इस प्रकार आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अब प्यारे बच्चों जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है साइन सी अब जो चाप लगा है वो ए पे नहीं है वो सीपे है अर्थात हम लोग इनको मुक कर लेते हैं ठीक अब देखिए अब जो चाप लगा है वो सी पे लगा है अब उनका इसके माध्यम से हम लोगों ने ये दोनों की याद किया तो अभी हमने बताया कि कोड के सामने वाली जो साइड होती है वो किसका काम करती है लंब का ठीक और जो बची हुई साइड होती है वो आधार का कार्य करती है ठीक अब आप समझिए साइन सी बराबर है फार्मूला वही है लंब बटे कड़ अब बताइए सी के सामने वाली भूजा लंबा अर्थात 24 और जो कड़ है वो कितना हो जाएगा 25 ठीक ऐसे ही कॉस याद कर लेंगे क्या याद कर लेंगे कौ सी कौ सी कौन होता है आधार बटे कड़ क्या होता है आधार बटे कड़ अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि आधार कौन है 7 सेंटीमीटर है और कर्ण कौन है 25 तो अगर 7 सात बटे पच्चीस इस प्रकार बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है अब हम बात करेंगे सेकंड प्रश्न की जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा आइए हम बात कर लेते हैं सेकंड प्रश्न की आपने स्क्रीन से देख के पढ़ ही लिया होगा कि सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा है थोड़ा सा हम लोग भी पढ़ लेते हैं फिर बातें करते हैं क्या फिर सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा है सेकेंड प्रश्न में क्या है आकृति बनाई गई है और वैल्यू ज्ञात करना है तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो आकृति बनाई गई है वो आकृति हम लोग बना लेते हैं आकृति मैं अभी बना रहा हूं और जो लिखा चीज है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन से ये P हो गया ये Q हो गया और ये R हो गया दी गई आकृति में टेन पी और माइनस कॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है टेन पी और माइनस किसकी ज्ञात करनी, है? की करनी है? ये दिया गया है और जो ज्ञात करना वो ये ज्ञात करना, करना है यही चीज आपको प्यार बच्चों यहाँ फाइंड आउट करना है कोई भी ज्ञात करने के लिए किसी भी अनुपात को ज्ञात करने के लिए चाहे उस अनुपात को आप जोड़िए चाहे उस अनुपात को आप घटाइए किसी भी अनुपात को निकालने के लिए प्यार बच्चों आपको तीनों भुजाओं की जानकारी जरूर होनी चाहिए आप देख पा रहे होंगे कि यहां दो ही भूजाए दी गई हैं, तीसरी भुजा नहीं दी गई है परंतु जो क्यों है वो आपका बच्चों तो ध्यान देखिएगा कहता है कर्ण का वर्ग यानी बड़ी भूजा का वर्ग बड़ी भूजा कौन है अन्य दो भुजाएं कौन है एक है पी क्यू और एक है क्यू आर ये पी क्यू, हैं। पी -क्यू की वैल्यू आपको दी गई है 12 दिया गया है और अगली की वैल्यू कितनी दी गई है 13. परंतु ये नहीं दिया गया क्यू आर की वैल्यू आपको नहीं दी गई है बल्कि आपको यह दिया गया तेरह का वर्ग चलिए तेरा का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा, 144 बराबर QR का में से एक सौ चौवालीस घटाएंगे तो पच्चीस आएगा बराबर क्यू आर का वर्ग इधर से इसके आर हटाएंगे तो इधर करी लगा देंगे और क्यू आर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर क्यू आर क्यू आर की जो वैल्यू आई वो आपको प्राप्त हो गए पांच सेंटीमीटर अब देखिए अब आपको जो ज्ञात करना वो आप इधर आ जाइए टेन p टेन p माइनस कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करनी आई अब 10 p टेन p बराबर होता है टेन का जो व्यंजक होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो भैया पी पी यहां पर एक बार एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी इसके सामने वाली साइड लंब कहलाती है अर्थात क्यू बटे ये वाली भुजा आधार हो जाएगी पी माइनस काट आर यानी अब ये वाला चाप लग गया इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी तो पी क्यू लंब हो जाएगा सॉरी आधार काट का होता है आधार बटे लंब काट का होता है पी क्यू देखिए पैर बच्चो ये टेन पी का व्यंजक है ये काट आर का व्यंजक है आप देखिए दोनों सेम टू सेम है आप यहां से काट के लिख सकते हैं या तो वैल्यू रख के काट सकते हैं क्यू आर की वैल्यू कितनी है पांच है पी क्यू की वैल्यू 12 है अगला देखिए क्यू आर की वैल्यू 5 है 12 है तो, ये कर जाएगा, तो जीरो आ जाएगा फिर तो हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीन आपका क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा क्या कह रहा है साइन ए बराबर तीन बटे चार दिया है आपको साइन ए बराबर तीन बटे चार तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ज्ञात करना है आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करना है ज्ञात करना है कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है और साथ में और टेन ए की वैल्यू ज्ञात करनी किसकी वैल्यू टेन ए की आइए बहुत ही सरल सवाल है प्यार बच्चों जरा सा भी और डरना नहीं है साइन ए बराबर तीन बटे चार है अब साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे यानी आपको ये लंब दिया गया और आपको क्या दिया गया है कर दिया गया और क्या दिया गया है पैरोचो कर दिया गया है अर्थात साइन ए का जो अनुपात तीन बटे चार है वो लंब ये है और कर ये है एक त्रिभुज बना लेते हैं पैरोचो चलिए ये त्रिभुज बन गया जिसमें जो B है वो समकोण हो जाए A आपका ये हो जाए चाहे जो भी ये बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमने ये बना दिया अब देखिए है और जो कण है वो चार है अर्थात ये आपको क्या दिया गया है चार दिया गया है अब हमको यह ज्ञात करना ये वाली भुजा ज्ञात करनी है तो किससे बच्चों क्या कहता है है है भाई बड़ी बड़ी भुजा का बड़ी भुजा है? है। का वर्ग कौन बराबर शेष अन्य दो भुजाओं का वर्ग यानी बीसी का वर्ग प्लस किसका वर्ग हो जाएगा एपी का वर्ग हो जाएगा चलिए वैल्यू रखते हैं बीसी की वैल्यू कितनी है तीन है और इसकी वैल्यू चार है ये प्लस क्या आ जाएंगे एबी का वर्ग हो जाएगा अब ये वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा ये वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा ये आएगा तो एबी का वर्ग आ जाएगा ये प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस नौ हो जाएगा उधर हो जाएगा एबी का वर्ग 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा प्यार बच्चों ये ए का स्क्वायर आएगा इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कड़ी लग जाएगी ये आ जाएगी एबी अर्थात ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अंडर ठीक Sorry guys. अब देखिए यहां पर जो है किसकी वैल्यू पूछ रहा है अब आपको यहां से वैल्यू पूछा है आधार बटे कड़ क्या होता है फिर बच्चों आधार बटेकण अब आधार की वैल्यू ए के सामने वाली जो भूजा होती है वो लंब होती है और ये जो नीचे की भूजा होगी वो आधार होगी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आधार कितना है ए बी है आधार कितना है ए बी है और जो कर्ण है कर्ण कौन है ए सी है अब आप वैल्यू रख दो इसकी वैल्यू आ जाएगी चार उसकी वैल्यू आ जाएगी सॉरी इसकी वैल्यू है अंडर उत और एसी की वैल्यू कितनी है चार ये वैल्यू प्राप्त हो गए अब आपको और साथ में पूछा टेन ए की वैल्यू तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार चलिए अब लंबे यहां कितना है लंबे यहां कितना है ए तीन और आधार कौन है सात तो अंडर सात आ गए ये रहा प्यार बच्चों इस प्रकार आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है अब हम बातें करेंगे चौथे प्रश्न की आपको स्क्रीन पे चौथा प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा आप वहां से देख सकते हैं चौथा प्रश्न कह रहा है यदि पंद्रह कॉट ए बराबर यानी ये आपको दिया है पंद्रह कॉट ए बराबर आठ ठीक ये आपको दिया तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है चलिए उन दोनों के उन दोनों को ज्ञात करेंगे आराम से ज्ञात करेंगे सबसे पहले हमको ये मॉडल बनाना पड़ेगा तो कॉट ए बराबर आठ तो तो तो तो बटे कितना हो जाएगा पंद्रह ठीक है ये कॉट ए अब हमने पढ़ा है कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंबे यानी आधार आपको आठ दिया गया है लंबा आपको पंद्रह दिया गया तो एक त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा नन्हा सा अब ध्यान दीजिए इसका नाम हम लिख देते हैं हुए ए बी सी बी अब आधार A, मतलब एंगल आपका यहां पर है अब इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी लंब होगी कोण के सामने वाली भुजा बची जो भुजा होती वो आधार होगी ये अलिपुजा कर्ण होगी ठीक अब कॉट ए बराबर आधार बटे लंब आधार कितना आठ ये आपको आठ हो जाएगा लंबा आपका पंद्रह हो गया अब आपको कर्ण ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग अब ए की वैल्यू कितनी है आठ का वर्ग कर देते हैं और बीसी की वैल्यू पंद्रह का वर्ग कर देते हैं तो आठ का वर्ग करेंगे चौसठ पंद्रह का वर्ग करेंगे दो सौ पच्चीस जोड़ देते हैं पांच चार नौ हो जाएगा चार उसके बाद छह दो आठ ये हो गया दो सौ अब आप देखिए दो सौ ये एसी का वर्ग आ गया अब आप इसका वर्गमूल निकालिए क्या वर्गमूल आपका कितना आएगा इधर से स्के हटेगा इधर करने में लगेगा दो सौ फिर उसके बाद उसके तो प्यारे बच्चों आप अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 सेंटीमीटर आएगा यानी एसी की जो वैल्यू है वो तो कितनी है 17 सेंटीमीटर अब आइए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं आराम से अब सबसे पहले कह रहा था साइन ए इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है साइन ए साइन ए की वैल्यू तो साइन ए बराबर होता है बच्चों लंब कर, लंब बटे बटे अब कोण के सामने वाली भुजा लंब है पंद्रह, और कर आपने ज्ञात किया सत्रह आपने ये पहला ज्ञात कर लिया दूसरा पूछा है सिक ए, तो से बराबर होता है सिक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार कर्ण बटे आधार अब देखिए कर्ण यहां कितना है सत्रह है आधार कितना है आधार कितना आठ तो ये आ गए सत्रह बटे बच्चों आपका चौथा और तीसरा दोनों कंप्लीट होते हैं।, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं पांचवा प्रश्न देखिए आपका क्या कर रहा है तेरह बटी बारह से, से तो अन्य सभी त्रिकोण मित्र अनुपात को ज्ञात कीजिए केवल आपको यही दिया है एक चीज केवल थीटा, थीटा बराबर आपको दिया गया है तेरह बटे बारह तेरह बटे बारह तो त्रिकोण के सभी अनुपात ज्ञात करना तो बच्चे कितने हैं पांच एक दिया है पांच अनुपात बचे पांचों को हम लोग ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले हम लोग इनको देखते हैं सेक ठीटा का फार्मूला क्या होता है सेकटा का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों कर्ण बटे आधार कर्ण बटे आधार यानी आपको कर्ण जो है तेरह दिया गया आधार बारह दिया गया तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज में दिखा देते हैं जो कर्ण है वो तेरह है आधार जो है बारह है अब हमको लंब की जरूरत है ये ए मान लीजिए ये बी मान लिए ये क्या मान ली सी मान लिए अब एक जगह प्यारे बच्चों आपका एंगल बन जा रहा चाहो तो आप चाहे जहां एंगल बना दीजिए ये एंगल बना लिए ये थीटा एंगल है। अब लगाएंगे, तो कितना है पता नहीं कोई दिक्कत नहीं परंतु बीसी पता बीसी कितना है बारह का वर्ग है तेरह है इसका वर्ग करेंगे तो एक आएगा ये आ गया आपका ए बी का स्क्वार इसका वर्ग करेंगे तो 144 आएगा प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा एक सौ उनहत्तर माइनस एक सौ चौवालीस बराबर ए बी का वर्ग इनमें से घटाएंगे तो ये आपका 25 आएगा ये ए बी का वर्ग आ गया इधर से स्क्या हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे प्यारे बच्चों तो 25 आ जाएगा ये ए बी इसका वर्ग मूल्य तो पांच सेंटीमीटर यानी A, की जो वैल्यू थी वो कितना आ अब से तो शुरुआत हम करते हैं साइन थीटा से तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिक अब बताइए कोई के सामने वाली भुजा लंब ये वाली भुजा कर्ण तो ये लंब कितना है पांच है कड़ कितना है तेरह है ठीक अगला थीटा निकालते हैं थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कड़ का उल्टा होता है बच्चों अब आधार कितना है आधार आपका बारह है और कड़ कितना है तेरह तो बारह बटे कितना हो जाएगा तेरह फिर उसके बाद हम टेन ज्ञात कर लेते हैं टेन बराबर है लंब बटे आधार लंब बटे क्या होता है आधार अब बताइए के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार कितना है है फिर उसके बाद आधार है बारह और लंब कितना है पांच है ठीक अब आपको क्यो? चार हो गए शिक तो पता ही है कौशिक निकाल लेते हैं कौशिक ठीठा कौशिक ठीठा साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब होता है क्या होता है कर्ण बटे लंब अब देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी है तेरह है और लंब की जो वैल्यू है वो कितना है पांच है इस प्रकार आपका निकल जाता है एक अनुपात आपको दिया ही है। ठीक तो आपका पांचवा सवाल कंप्लीट होता है अब हम बात करते हैं छठे प्रश्न की छठा प्रश्न कर रहा है यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो कोण ए और बी न्यून कोण हो तो दिखाइए की दिखाइए की कोड़ ए बराबर बी यानी प्यारे बच्चों आपको कुछ चीजें दी गई हैं आप जरा सा वो देखिएगा दिया क्या है पहला पॉइंट दिया है यह दिए कोर ए को बी न्यून को न्यून को का मतलब है प्यारे बच्चों दोनों कोड़े नब्बे अंश से कम है ठीक न्यून कोण है और दिया क्या है एक पॉइंट और दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है और जो सिद्ध करना है वो आपको ये देना है सिद्ध करना है क्या करना है ए को, बराबर बी यही सिद्ध करना है, प्यारे बच्चों तो आरा, आराम आराम से से हम लोग इसको हल अब सबसे पहले अगर हम चाहे तो एक त्रिभुज आप बनाइएगा प्यारे बच्चों एक अच्छा सा ट्रंगल बनाइएगा फिर उसके बाद नाम लिखिएगा इसे ए ठीक इस बार सी को समकोण कर दीजिए सी को क्या कर दीजिए समकोड़ ठीक इसमें सी जो है आपका संकोड़ है अब ध्यान दीजिए जो दिया गया उसी का मदद लेंगे कॉस ए क्या है कॉस ए बराबर कॉस बी यही आपको दिया गया है इसी की मदद से हम लाएंगे देखिए आराम से लाएंगे बिल्कुल कुछ भी हड़बड़ा नहीं है कॉस ए बराबर कॉस बी अब कॉस ए के लिए एंगल ये है कॉस ए के लिए एंगल ये है भाई कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण अब कोड के सामने वाली जो भूजा है वो तो लंब होने वाली है तो बची हुई जो भुजा है ये आधार हो जाएगी ठीक अब कर्ण तो आपको आधार कौन है एसी है और कर्ण कौन है ए है चलिए अब इसका काम खत्म इसको मूव कर लेते भाई आधा का से का काम खत्म हो गया अब आपको क्या देखना है अब आपको देखना है कॉस बी यानी एंगल यहाँ पर बना तो अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाए इसके इसके सामने वाली भूजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये वाली जो भूजा है ये भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी ठीक अब ध्यान दो तो आधार बटिकल होता है तो आधार कौन है भैया बी है और कर्ण कौन है भैया ए है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड आपस में क्या है बराबर है लिखे आता ए बी एक त्रिभुज है आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज होता है त्रिभुज होता है ठीक एबीसी एक संदेव त्रिभुज हुई अब ध्यान दो अब ध्यान दीजिएगा जब एसी बराबर है बीसी के तो बराबर भुजाओं के सामने का जो कोर होता है वो बराबर होता है अर्थात एंगल ए के सामने की भूजा ए है और AC के BC के सामने का कोण A है और AC के सामने का कोण B है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे अतः एंगल A बराबर एंगल B चूंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख के सम्मुख का को ठीक है ये रहा आपका छठवां प्रश्न ये रहा आपका पांचवा प्रश्न आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हे hey तो देखिए सातवां प्रश्न आपसे क्या करा कि यदि थीटा बराबर काट थीटा बराबर सात बटे आठ ठीक तो ज्ञात कीजिए तो क्या ज्ञात करना इसमें सबसे पहला प्रश्न है जो ज्ञात करना है पहला प्रश्न है वन थीटा, फिर तो उसके बाद वन माइनस थीटा पूरे के बटे पूरे के बटे में क्या है वन प्लस थीटा, ठीक और क्या है वन माइनस कॉस्टीटा ठीक ये हो गए अब साथ में सेकेंड प्रश्न में क्या कर रहा ट स्क्वायर थीटा यह भी ज्ञात करना इसको आप जो दो तरीके से लगा सकते हैं बहुत ही आसान है अब वो दो तरीका कि आप फार्मूले की मदद मतलब से लगा सकते हैं या तो वैल्यू रख के ज्ञात कीजिए रखिए हम लोग देखते हैं अब कॉट ठीटा बराबर होता है सात बटे आठ ये दिया है तो ये वो दिया है तो क्या दिया है कॉट बराबर हमने पढ़ा था फार्मूला आधार बटे लंब होता है अब अगर हम देखें तो आधार यहां सात है लंब कितना है आठ है इसके माध्यम से हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे यहां से अब देखिए जिसमें आधार कितना है सात है और लंब कितना है आठ है और अब हमको कर्ण ज्ञात करना है तो बैलू रख देते हैं ए बी सी और एंगल बना देते हैं थीटा। अब देखिए अब हमको ए ज्ञात करना तो पाइथाग्रस प्रमेय का उपयोग करेंगे ए का वर्ग बराबर होगा ए का वर्ग और प्लस किसका वर्ग हो जाएगा बीसी का वर्ग अब AB की की रखते हैं करेंगे तो चौसठ और सात का वर्ग करेंगे, तो करेंगे उनचास जोड़ दिया जाए नौ चार तेरह छह चार दस एक ग्यारह ठीक नौ चार तेरह छह चार दस एक ग्यारह अब आप इसका स्क्र हटाएंगे इधर लग जाएगा करड़ी में 113 तो एसी की जो वैल्यू आई बच्चों वो आ गई करी में एक सौ तेरह में 113 ठीक ये एसी की वैल्यू आ गई है अब आपको क्या ज्ञात करना था आपको फर्स्ट पोर्सन में ये ज्ञात करना सेकेंड पोर्सन में वो ज्ञात करना तो चलिए फर्स्ट पोर्सन को हम लोग हल कर दे पाएंगे फर्स्ट पोर्सन क्या कह रहा है देखिए वन प्लस साइन ठीठा प्लस साइन थीटा तो साइन ठीटा बराबर होता है लंब बटे कण तो कोण के सामने वाली पूजा लंब कण ये यहां आ जाएगा आठ बटे एक सौ सत्रह किसी को कोई दिक्कत ये आपने एक वैल्यू रखा फिर वन माइनस साइन थीटा तो वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू तो वही रहेगी आठ बटे कड़ी में एक सौ सत्रह ये हो गया पूरे के बटी वन प्लस कॉस्ट ईटा वन प्लस कॉस्ट ईटा तो कॉस्ट ईटा का होता है आधार बटी कड़ आधार कितना है सात है कितना सौ तेरह ठीक कितना है एक सौ तेरह तो सात बटे एक सौ तेरह ठीक ये आगे कॉस्ट की वैल्यू फिर 1 माइनस कॉस्ट ईटा है तो वन माइनस आप अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बीस का आपने यही पढ़ा होगा ए स्क्या माइनस बीस का तो उसी की मदद से हम हल करेंगे तो ए स्क्र कौन है अब देखिए ए के अस्ताद के यहां एक है और माइनस बी स्क्वायर के स्थान पे 8 बटे कड़ी में 113 का वर्ग बच्चों जो आप सूत्र यहां उपयोग कर रहे हैं वो सूत्र आपका ये है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्र इस फॉर्मुले का मदद लिया गया अब आप देख पा रहे होंगे बटे में यहां क्या हो जाएगा एक का वर्ग माइनस बी का वर्ग के स्थान पर कौन है सात का वर्ग अब देखिए इसी को हल करना है इसका वर करेंगे एक आएगा, इस वर करेंगे तो चौसठ आएगा इस कवर करेंगे 113 तो 113। आ जाएगा। पूरे के बटे 1 माइनस 7 करेंगे 49 आएगा, इसका 113। अब देखिए ये भिन्न के कुछ पोर्सन हो गया आप इनको आराम से हल कर सकते हैं 113, इनका लसा लिए 113, सौ माइनस कितना हो जाएगा चौसठ बटे एक पूरे के बटे कितना हो जाएगा एक सौ तेरह माइनस उनचास बटेड कर दिएा लिए एक सौ प्रोसेस हमने किया है अब देखिये ये चीज और ये चीज आपके कैंसिल हो जाएंगे एक सौ तेरह में से चौसठ घटा दीजिए तो तेरह में से चार घटाएंगे नौ आएगा ठीक यहाँ बचा है आपका कितना तेरह में से चार घटाए नौ आ गए यहाँ कितना बचा पहले बचो आप जीरो घटाएंगे तो, तो तेरह में से नौ घटाएंगे तो चार आएगा फिर उसके बाद यहाँ दस दस बचेगा दस मिनट चार घटाएंगे छह तो उनचास बटे कितना आ गया चौसठ कितनी वैल्यू आई उनचास बटे चौसठ अब आइए सेकेंड नंबर इसका हल हल करते हैं कॉट स्क्वायर ठीक तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी पहले हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कॉट कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और नीचे वाली जो भूजा वो आधार तो हो जाएगा बीसी और बटे क्या है ए का वर्ग वैल्यू रख देते हैं है। बीसी की वैल्यू कितनी है देखिये बीसी की वैल्यू सात है और ए बी की वैल्यू आठ इसका वर्क करेंगे तो सात सतास आठ चौसठ तो आपकी जो सेकंड पर्सन का जवाब है वो वो है उनचास बटे चौसठ वहां है और ये है ये प्यारे बच्चों काट के रूप में फार्मूला ही था कार्ड का साइन के पदों में ये फार्मूला होता है ठीक तो आप फार्मूला पे नहीं याद कर पाएंगे तो आप फार्मूले पे मत जाइएगा आप डायरेक्टली इस प्रकार लगा सकते हैं क्लास में बस यही तक हम बात करते हैं जो बचे हुए सवाल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे पैर बच्चों आई होप कि आज की क्लासेस में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आया होगा प्यार बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो दिखे और एंजॉय कीजिए थैंक यू डियर स्टूडेंट जय हिंद जय भारत